माई स्मार्ट हेल्थ सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे पतंजलि दिव्य केश तेल के बारे में जी दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पतंजलि के दिव्य केश तेल के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हमने ये जो दो दिव्य केश तेल है इसका हम गीव अवे लेके आए हैं मतलब मैं आप में से किन्हीं दो लोगों को ये जो पतंजलि का दिव्य केश तेल है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ मतलब इसके लिए मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ दोस्तों इस गीव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना है इस गीव अवे में लेने के लिए आपको सबसे हमारे बेल आईकोन घंटी का बटन दिखेगा उस घंटी के बटन को भी आपको दबाना है घंटी के बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन को सेव आपको जरूर करना है और इस वीडियो को आपको लाइक करना है और इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और मुझे ये जो स्क्रीन पर आप जो व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं ना इस नंबर पे आपको मुझे भेजना है अगर आप ये टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो आप से में से कि दो लोगों को मैं ये जो दो दिव केज तेल ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ ठीक है तो आप इस गेम में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा इसके बाद में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना है और अपने दोस्तों को इसको शेयर करना है दोस्तों ये जो पतंजलि का दिव्य केश तेल है आ, इसके ऊपर हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है इसके बाद में मैं आपको डिटेल में इसके बारे में पूरी जानकारी जो है दूंगा ठीक है तो इसके ऊपर दोस्तों लिखा हुआ है दिव्य केश तेल ठीक है इसके बाद में इस पे लिखा हुआ है न्यू पैक मतलब नया पैक है पहले जो पैक आता था पैकिंग जो था वो अलग था अब ये नया कर दिया है भारत में तो बना हुआ है दोस्तों भारत निर्मित है और इसके बाद में दोस्तों इसमें कम्पोजिशन में क्या क्या मिला हुआ है वो मैं आपको पढ़ बता देता हूँ दोस्तों इसके ऊपर लिखा हुआ है आयुर्वेदिक प्रोपर्टरी मेडिसिन मतलब ये आयुर्वेदिक प्रोपर्टरी मेडिसिन है दवाई है जो कि बालों की समस्या को दूर करती है सौंदर्य प्रसाधक मतलब सुंदरता बढ़ाने वाली दवाई है क्योंकि बाल हमारी सुंदरता बढ़ाते हैं और कम्पोजिशन में लिखा है मतलब हंड्रेड एम में क्या क्या और कितना कितना मिला हुआ है वो इसके अंदर लिखा हुआ है इसके अंदर दोस्तों लिखा हुआ है क्वात में भृंगराज ब्राह्मी आमला रतनजोत प्रियांगू नागरमोथा नागकेशर तगार मंजिष्ट लौधरा मेथा, इंद्राजाऊ हल्दी मुलेठी कमल अनंतमूल बबूल जटामासी श्वेत श्वेत वाली तत्ती मिली इसके अंदर और बाकुची दारू हल्दी नील पत्ता ये नीम पत्ता नहीं है दोस्तों ये नील पत्ता है ध्यान रखिएगा ठीक है नील पत्ता नील पत्ता तैला और तैला में मिला हुआ मतलब तेल में मिला हुआ है तिल तेल मतलब इसका जो बेस है वो तिल तेल का बना हुआ है दोस्तों इसमें 100 ml में क्या क्या मिला हुआ है हंड्रेड एम में मिला हुआ है सॉरी यह हंड्रेड एम का आता है मतलब ये जो इसका क्वांटिटी है ये पूरा 100 ml का तेल आता है और इसकी कीमत है दोस्तों पिचासी रुपये इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कीप इन कूल ड्राई एंड डार्क प्लेस और कंटेनर टाइटली कीप कंटेनर टाइटली क्लोज आफ्टर एवरी यूज है ना फॉर एक्सटर्नल यूज देखिए ये बाहरी उपयोग के लिए जब भी इसको उपयोग करो तो इसका ढक्कन एकदम टाइट करके रखना और इसको धूप में नहीं रखना है मतलब नॉर्मल घर के टेम्परेचर में रखना है जैसा अभी आपको दिख रहा है ऐसे टेम्परेचर में ही इसको रखना है अभी दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे किस किस बीमारी में काम आता है देखिये दोस्तों अगर आपको बालों की कोई भी समस्या हो जैसे अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हो या फिर थोड़े बहुत झड़ रहे हो दोनों ही टाइप के बाल झड़ने में मतलब हेयर फॉल में ये आपको काम आता है जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा पतले हो गए हो ठीक है बहुत ज़्यादा बारीक हो गए हो तो ऐसे लोग भी अगर पतंजलि दिव्य केश तेल का उपयोग करते हैं तो ऐसे में आपको उसका बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है जिन लोगों के बाल टूटते हैं कमजोर हो गए हैं ठीक है डेमेज हो गए हैं ठीक है जो बोलते हैं ना डेमेज हेयर अगर इस टाइप से अगर डेमेज हेयर हो गए तो ऐसे में भी आप पतंजलि केश तेल का उपयोग कर सकते हैं जिन लोगों को एलोपीसिया की प्रॉब्लम है एलोपीसिया में क्या होता है आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और आ, मतलब धब्बे हो जाते हैं झड़ते मतलब कि आपको गंजा मतलब पर्टिकुलर जगह पे गंजा कर देते हैं मतलब बाल तो पूरे सिर पे दिख रहे हैं आपको बट जगह जगह आपको ऐसा जैसे ये राउंड है और यहाँ पे मतलब इतने इतने बाल आपको गायब मिलेंगे फिर इधर इतने इतने गायब मिलेंगे इधर इतने इतने मतलब आपके सर में जगह जगह जो है आपके बाल खत्म हो जाते हैं और वहाँ पे एकदम प्लेन सर हो जाता है ठीक तो है तो ऐसे जो प्रॉब्लम ऐसी जो बीमारी है ऐसे में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं और देखिए मैं जितने भी उपयोग बता रहा हूँ इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर आप मैजिकल हेयर ऑयल का उपयोग करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट करेगा बहुत ज़्यादा क्योंकि उसके अंदर इसके अंदर जो जड़ी बूटियाँ मिली है वो सारी जड़ी बूटियाँ उसके अंदर मिलती है ठीक है और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो होता है तो ऐसी कंडीशन में भी आप इसका उपयोग जो है कर सकते हैं जिन लोगों के बाल दो मुहे हो गए हैं या तीन मुहे हो गए ठीक है तो जिन लोगों के बाल दो मुहे हो गए हैं ठीक है डबल माउथ स्प्लिट है ना जो स्प्लिट हेयर्स होते हैं जिसको बोलते हैं ना स्प्लिट हेयर एंड्स तो उसमें भी आप इसका जो है उपयोग कर सकते हैं ऐसी अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा फायदा करेगा मतलब अगर हम देखा जाए तो ओवरऑल बालों की जितनी भी समस्या है सभी में ये जो है काम करता है गंजेपन में काम करता है एलोपेसिया में काम करता है हेयर फॉल में काम करता है और जिनके सर में डेंड्रप बहुत ज्यादा होता है उसमें भी ये बहुत ज्यादा काम करता है अच्छा अभी ये मैंने आपको बता दिया अभी दोस्तों इस को यूज़ कैसे करता है वो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ दोस्तों देखिए ये है ना 100 एम का आता है 100 ग्राम होता है 100 एम और ये जो होता है काफ़ी ठीक होता है काफ़ी गाढ़ा होता है और गाढ़ा होने के कारण दोस्तों क्या होता है कि आपकी जड़ तक नहीं पहुँच पाता है जो सर की जो जड़ है न हमारे बालों की जो जड़ है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है तो इसको डायरेक्ट कभी भी नहीं लगाया जाता है इसको या तो आपके पास में कोई सा भी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल हो है ना या फिर आपके पास में जो मैं मैजिकल हेयर ऑयल बनाता हूँ चाहे वो हो ठीक है तो कोई सा भी आपके पास में हेयर ऑयल है तो उसके अंदर 100 एम एल ऑयल लेना है और 100 एम में यही हंड्रेड एम एल ऑयल आपको मिलाना है और इसके बाद में मिलाने के बाद मिक्स हो जाए इसके बाद में जब आप लगाएं तो आपके जो नाखून है नाखूनों से सर को ऐसा ऐसा ऐसा करके लगाना है मतलब जड़ों में लगाना है और ऐसा ऐसा करके लगाना है तो दोस्तों इसका फायदा आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है हालांकि देखो इसका पूरा डिटेल में मैंने वीडियो अपने YouTube चैनल पतंजलि का कॉलेज के ऊपर बना रखा है और उसमें मैंने एक आधे घंटे का वीडियो बनाया है केश कांति तेल का उससे आप जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें आपकी सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे आपको अगर बाल झड़ते हैं सफ़ेद हो गए हैं गंजे हो गए जो भी हो गए उसकी पूरी डिटेल उसमें आपको मिलेगी तो दोस्तों ऐसे ही इसका उपयोग करना है और दूसरी बात बता दूं सर मैं आप सभी को कि ये बहुत ज़्यादा जो है बदबू मारता है ठीक है बहुत ज़्यादा इसकी स्मेल आती है तो काफ़ी लोग इसको यूज़ करने से थोड़ा सा घबराते भी हैं तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ठीक है आप घबराइएगा मत बदबू तो भी थोड़ा सा मारता है लेकिन ये इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है इसका तो दोस्तों ऐसे इसका उपयोग होता है और अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन है डाउट है तो प्लीज़ आप स्क्रीन पे जो व्हाट्सअप नंबर है इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मैं आपको फ़ोन लगा के जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका पूरा डिटेल दूंगा और अगर आपको ये केश तेल चाहिए या पतंजलि की कोई भी दवाई या कोई भी प्रोडक्ट चाहिए या फिर आपको मेजिकल हेयर ऑयल चाहिए तो भी आप जो है आ, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मैं आपको जो है जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग हेल्प करूँगा और जो भी आपको चाहिए वो कुरियर के द्वारा आपके घर पर जो होम डिलीवरी में पहुंचा दूंगा ठीक है तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के ओल नोटिफिकेशन को जरूर सेव कीजिए ताकि आप लोगों को ये जो दो केश दे ये बिल्कुल फ्री में मैं दे सकूँ और इस वीडियो को दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप पर फेसबुक पर शेयर कीजिएगा और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा और इस पेज को लाइक जरूर कीजिएगा तो आशा करता है दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर दफ़ आर आर आर रवि एंड डोंट फॉर गो टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल माई स्मार्ट हेल्थ सपोर्ट ओके फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच थैंक यू